हेलो दोस्तों वोट ने जारी किया मॉडल पेपर और इस मॉडल पेपर को हम सरल करेंगे बहुत ही आसान भाषा में और आसान ट्री के साथ हम पार्ट डी सोल्व करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन है एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए बी तथा सी तीन मशीन ऑपरेटर है मशीन ऑपरेटर ए एक परसेंट खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा बी पांच और सी सात खराब सामग्री उत्पादित करता है कार्य पर ऑपरेटर ए कुल समय का 50% लगाता है ऑपरेटर बी कुल समय का 30% लगाता है तथा सी कुल समय का 20% लगाता है यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है देखो हम फॉर्मूला जानते हैं बेस परमे का या बेस परमे भी बोलते हैं तो इसको हम लेखते है कि भाई घटना घटना ए ए के घटित घटित होने की जब की की प्रायिकता प्रायिकता प्रायिकता प्रायिकता बी बी बी हो चुकी है तो उसको ले की और है तो और बेस का सूत्र होता है ए द्वारा मशीन पर कुल सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता तो देखो हमारे पर्सन में ऑपरेटर पचास परसेंट लगाता है तो कीटर बी कुल समय का तीस परसेंट लगाता है तो की प्रायिकता हो जाएगी तीस परसेंट मतलब तीस बोटा सो या तीन बोटा 10. इसी प्रकार सी द्वारा मशीन पर कुल सामग्री उत्पादित करने की प्रयोगता से मतलब 20 20 20 तो सी क्या हो जाएगी 20%, 20 माना कि खराब सामग्री उत्पन्न करने की घटना है, तो द्वारा मशीन पर खराब सामग्री उत्पन्न करने की प्रयक्ता अब मशीन ऑपरेटर ए 1 परसेंट खराब सामग्री उत्पादित करता है तो K की प्रतिबंधित प्रयोगता एक परसेंट मतलब एक बोटा सो इसी प्रकार बी द्वारा मशीन पर खराब सामग्री उत्पादित करने की ये। करता है। तो के प्रतिबंधित प्रयोगता पांच परसेंट मतलब पांच बोटा सो या एक बोटा बीस तथा तो सी द्वारा मशीन पर खराब सामग्री उत्पादित करने की प्रयिकता C सात पर खराब सामग्री उत्पादित करता है तो K के प्रतिबंधित प्रयोगता सात परसेंट मतलब सामग्री उत्पादित होती है तो इसे ए द्वारा उत्पादित करने की प्रायिकता टू A की प्रयोगता के की प्रतिबंधित प्रयक्ता बट्टा की प्रायिकता K की प्रतिबंधित प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता K की प्रतिबंधित प्रयोगता प्लस B की प्रयोगता डॉट की प्रतिबंधित प्रयिकता अब ए की क्या होगी मान रख देंगे पी ए का मान हमारे पास था एक ए की का मान था यह बेटा सो तो ये मान हमने रख दिया इसी प्रकार इन सब के मान यहाँ पर रख देंगे तो यह हमारा हो जाएगा एक बेटा दो गुणा एक बेटा सो नीचे से मैंने एक बेटा सो ले लिया तो क्या बचा? एक बटा दो प्लस तीन बटा दो प्लस सात बटा पांचा सौ से एक बटा, गया। तो एक, क्या बची? एक बटा दो और नीचे में ने दस से फिर मैंने दस लस से ले लिया तो पांच प्लस पंद्रह प्लस चौदह तो एक प्रतिबंधित प्रयक्ता कितनी आ गई पांच बटा चौतीस तो एक ही प्रतिबंधित प्रक्रिया पांच बटा चौतीस ये सोल्व हो गया थैंक यू दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन देख रखा उसे दबा दीजिए